गिरधारी इसमें मुरारी लाज रखो मोरे हे गिर धारी लाज रखो मोरे हे गिरधार पाँच पति सिर नीचे किए हैं पाँच पति सिर नीचे किए हैं पाँच पति सिर नीचे किए हैं पाँच पति सिर नीचे किए हैं वही गदा वही गदा और गांडी वधारी लाज रखो मोरे हे गिर लाज रखो बाबा जी भी चुप बैठे हैं भी पिता को बोल रही है हे प्रभु बाबा भी चुप बैठे बाबा जी भी चुप बैठे, बाबा जी भी चुप बैठे हैं बाबा जी भी हैं ना कि की नाजलू नी को लाचारी लाज रखो मोरे एक गिरधारी लाज रखो मोरे मैं समझी थी ये अंधा प्रभु मैं तो समझी थी कि एक हमारे ससुर धीरे अंधे हैं हे मैं समझी थी ये अंधा मैं समझी थी ये समझी एक है यहाँ तो यहाँ तो आंदी सभा है ये सारी लज रखो मोरे हे गीवदार लज रखो मोरे हे गीवदार मैं आस अब मैं सि करू कहो अब मैं कि सिू कहो कि यहाँ तो बैठे यहाँ तो बैठे सारे जुआारी लाज रखो मोरे हे गिर लाज रखो मोरे हे गिरदारे ऐसे ही दया बनाए रख ऐसे ही दया बनाए रखना ऐसे ही दया बनाए रखना ऐसे ही दया बनाए रखना धनी पे चढ़ाही दया है तुम्हारी लाज रखोरे गिरदारी राज रखो मोरे गिरधारी धारी एक गिरधारी एक गिरधारी कृष्ण मुरारी राज रखो